99% नहीं है, ये लो आना, आना, नीचे चिमकांडी उग्रतरे भाई से पंगा लेके इधर अरे अरे अरे। भाई, इंटेलिजेंट दिस इज नॉट फेयर चार गोली मारा लड़की मरती नहीं अश्वत्थामा लाइक भाई लड़की टाइप मतलब ये लड़की अश्वत्थामा है भाई साहब गन गन को नीचे ड्रॉप करो वापस से लो, हो है के साथ <laughs> भाई लड़की है की अश्वत्थामा का उतार है ये साथ गोली मारने के बावजूद भी लड़कियां नहीं मरती आज देखे बाबा बाबा ये अश्वत्था